वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन खिलाड़ी और एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो जैसे कि आपको पता ही होगा था कल था रविवार और कल था सेकंड मैच ऑफ टी ट्वेंटी ऑफ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका तो साउथ अफ्रीका ने भारत को कटक में एक गए पाँच टी मैच की सीरीज़ के दूसरे मुकाबले में चार विकेट से हरा सीरीज़ में दो जीरो की बढ़त हासिल की है भारतीय बल्लेबाजों को साउथ अफ्रीका की कैसी गेंदबाजी के खिलाफ खेलने में काफ़ी दिक्कत हुई जिससे टीम रविवार को यहां पांच मैचों की सीरीज में दूसरी टी ट्वेंटी अंतर्राष्ट्रीय मैच में बरावट की मुश्किल पिच पर छः विकेट विकेट पर 140 रन ही बन सकी साउथ अफ्रीका ने ये लक्ष्य दस गेंदों और चार विकेट खो रहते हुए ही हासिल कर लिया तो कुछ इस प्रकार से हाईलाइट इस वाली मैच में वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना तब तक के लाए बाय मिलते हैं सीधा अगले